क्या नाटक है ये फेसबुक व्हाट्सएप मोबाइल कैमरा ट्विटर टिकटॉक तुम्हें लगता है टेक्नोलॉजी तुम्हें इंटेलिजेंट बना रही है पर वो तुम्हें अपंग बना रही है। स्कूल के दिनों में जब दोस्तों से मिलने का मन करता तो हम साइकिल से कितनी दूर तक जाते थे भूल गया? अच्छा मणि मुझे इस बात का जवाब दे जब सात बजे का मैच होता था तो हम ग्राउंड आरोप कितने बजे पहुँचते तो थे, पहुंच जाते थे? हाँ, लेकिन अब घर पहुंच गया हैशटैग तू कहा अरे बाथरूम में बैठा उसका भी अच्छा हल्केट फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं तेरे और हाँ। अगर कल तू बीमार पड़ गया ना तो इनमें से एक भी नहीं आएगा फेसबुक पे लिखते हैं हैप्पी बर्थडे डे मम्मी और उन्हें भेजते हैं ओल्ड एज होम जिस लड़की से कभी मिले नहीं उसे देखा नहीं उसके साथ रात भर चिटचा चैटिंग करते रहते हो पर माँ अगर बाजार भेजा तो बोलोगे टाइम नहीं है क्यूँ क्यूँकी वही तुम्हारी असलियत है झूठे दोस्त झूठे लोग झूठी शान झूठी जिंदगी तुम्हारी तो पूरी की पूरी दुनिया झूठ की नींव आरोप टिकी है